बहू ये उठले दिल इब तक सोन लाग रही सें उठके चाह बना के दे दे, ए उठ के बना बहू दे चाहीक स मा जी बनाऊ सू इस बुढ़िया ने भी दुखी कर लिए इस बुढ़िया ने तो नींद आंदी नहीं और अरिया अमन भी चैन तको नहीं सोन दी इब ते पहला चाह के बिना इसका क्या अलग सु था ए बउ ए तना किसी चा बना दी इसमें तो एक दिल्ले का स्वाद को नीला का काम करा कर ठीक से माँ जी इस बुढ़िया ने भी जीना आराम कर रख्या से। चाहे मैं कितना बढ़िया काम कर लियू इसने कोई ना कोई कमी काढ़नी काढ़नी लियो माँ जी खाना खा लियो एबू तने या किसी सब्जी बनाई स इसमें नमक ना मिर्च कोई स्वाद नहीं सेरा से। ने तेरा ध्यान कड़ा रह सै तो इसकी रोज रोज की बात सुन सुनकर आली बेराना राम जी मारी कद इस बुढ़िया ने इसका कदत इलाज करना पड़ेगा पापा मैं ते तंगाली। के बात बेटी इतनी छो में क्या तारीफ है पापा मेरा तो मेरी सास ने जीना आराम कर दिया क्यों के बात होगी बेटी पापा मेरी सास मेरे हर काम में टाक राखे जा सै मैं कितना बढ़िया काम कर लियू उसने कति आवेगी। मैं तो उसकी शक्ल देखी को ना। बेटी, इसी बात सारी समस्या का हल हो जाया कर पापा हो रिस है बातचीत मेरी सासू बात मानी नास है तू मन जहर दे दे और मैं तो उसने मारूंगी हे मेरी लाडो इसा काम इसका जै मारती तो तू भी फिर और मैं भी पुलिस ले जाएगी पापा मन नहीं बेरा तू बस मैंने जहर दे दे कहता कह मरेगी और कह मैं मरूंगी ना तो मैं ससुराल को नहीं जाऊं मैं किसी भी कीमत आरोप मेरी सासू का मुंह नहीं देखना चाहती इ तू बस मैंने जहर लिया दे दे ठीक है बेटी जैसी तेरी मर्जी लेकिन मैं तेने जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता इसलिए जैसे मैं तेनाली करना होगा मंजूर हो तो मैं बोलूं के करना होगा पापा बस मन बता दे मैंने बस मेरी सासू देखनी नहीं चाहिए तू जो कहेगा मैं वही करूंगी बेटी जब तू ना मान दी तुम तो ईसा काम कर दूंगा सांप भी मर जाएगा और लाठी भी कोई टूटे और मेरी बात सुन बीत अभी कान मैं तने स्लोप पोजन की पुड़िया दे दूस अच्छा तने इस पुड़िया में ते रोज सिर्फ एक चुटकी जहर अपनी सास के खाने में मिलाना से ठीक है पापा कम मात्रा उड़ते वह एकदम न मरे बल्कि धीरे धीरे अंदर तक कमजोर होके में हो मर जाएगी। ठीक सा पापा और लोग समझेंगे की वह बुढ़ी अपनी आई मरगी हाँ पापा अच्छा एक बात का ध्यान रखिए वो कि तेरे घर आल ने शक नहीं होना चाहिए ठीक ऐसी पापा न्यूए करूँगी ना तो हम दनुआ ने जेड़ जाना पड़ेगा हाँ पापा मैं ध्यान रखूंगी और बेटी मेरी एक बात और सुने इब तू छहने तक अपनी सास का कहना मानिए अच्छा और उसकी पूरी सेवा करिए हम ताकि उसके मरे पास किसी ने तेरे पर शक न हो ठीक ऐसी पापा जो तू कहे मैं न्यू करूँगी और एक और बात बेटी हाँ पापा आज के बाद अपनी सासू के लड़ाई झगड़ा ना करिए ठीक से पापा ज़ेवा के में टोका टाकी करे तो तू चुपचाप रहिए ठीक से कोई उल्टा जवाब न दिए हाँ हा, कोई नहीं दूँ बोल यो सब कर लेगी बेटी हाँ पापा छह महीने की तो बात से फिर तेम अपनी सासू तक तो छुटकारा मिल जाएगा कर लूंगी मैं पापा जो तू कहना मैं न्यू करूंगी ठीक से बेटी ठीक से पापा के कह थी जी के काम करया कर यो ले इसमें मने अपना सारा जी दिया और सारा काम मैं जीला के करया जी के के करूंगी लियो माजी खाना खा लो ये बेटी आज तो तने सब्जी बहुत बढ़िया बना रखी से रोज न्यूए जिला का बनाया कर खा ले बढ़िया ले ले स्वाद इ में तने छह महीने तक न्यू एज इलाके बना के खुआ माँ जी कुछ और लिया बस बेटा छकली में तो बस एक कप चाह और बना के लिया देना चाह भी इतनी स्वाद बना के प्याऊंगी लियो माँ जी चाह ले लो ये बेटी तने चाह भी बहुत बढ़िया बनाई काम तो सारा आवास है पर तू पहला जी ला के ना करया करती इब तू काम लगी। और थोड़े दिन की बात से, ले ले ल्याओ जी, मैं लेके पां दबा दू ये बेटी, जुग जुग जीव सदा तेरी जोड़ी बनी रे बुढ़ सुहागन कत्ती देखिए सा आ गया मैं तो गंगा नाई होगी जा बेटी इब इराम कर ले सारा दिन काम करके तू भी थकगी होगी मा जी तो कुछ बदली बदली सी लागस है। हेलो हां हां ये सब बढ़िया से, है ये बेबे कमला मेरी बहू बोहु तो बहुत बढ़िया से, टेम पर बडिया खाना देवस है और टेम पर पानी भी देवस है और सजने मेरे पां का बस है भगवान इसी बढ़िया बहू सब दे मारा तो स्वर्ग में यो दूध ए बेटी ले या अलमारी की चाबी और उसमें अपने खानदानी गहने से अर जित भी जावे सवर का जाया ये मेरी पेंशन के पीछे ले बाजार में जा कर अपना बढ़िया सा सूट लिया सब कुछ तेरा इस है। समने के छाती पदर के ले जाना से। जा, इब आराम कर ले मेरी बेटी जा राम मेरी सासू तो बहुत बढ़िया और मैं तो इसने खाम में खा दोस्त दिया करती मेरे तो बहुत बड़ी गलती होगी। और मर जाएगी। राम, ए मेरे के हो गया। मैं के करू इस काल तो पापा ये बता हैं। है पापा दौरा जाना चाहिए पापा पापा मेरा ते तो बहुत बड़ी गलती होगी के हो गया बेटी पापा मेरी सास तो बहुत बढ़िया से और मेरा बहुत घना ख्याल राखस है पड़ोसियाँ अग भी मेरी तारीफ करती ना थकती उसने अलमारी की चाबी और अपनी पेंशन भी मेरे तय दे दी मैं तो उसका बारे में बहुत गलत सोचा करती पापा किससे भी डाला मेरी सासू की जान बचा ले मैं तेरा अग हाथ जोड़ूसू मैं उसने मरती नहीं देख सकती पापा बचा ले मेरी सासू ने ए बेटी, मैं तो तने पहले समझाऊं था बड़े इज्जत और प्यार की तू तू है ना मानी? मैं मैं कर कर सकूं पापा, पापा, इस काल तो ये कर सके से। देख जोडू से भी मेरे बचा बचा बचा ले, बचा ले पापा, मेरे साथ सुनो, बचा ले। हे मेरी बावली बेटी, घबरा मैंने तेरे तक ते जहर न दिया का दिया था जात्री सासू ठीक पाएगी और आगे मिलजुल कर ये ठीक से बेटी बेटी हैं पापा पापा पापा मेरा घर बचा लिया न्यू बिना रेल लेन पावे थी पापा, तने बहुत बढ़िया करा जो तने मेरे तक जहर ना दिया पापा इब मैं पूरी जिंदगी तेरी दी हुई शिक्षा पे चालूगी भाइयो अपनी बेटी को हमेशा सही रास्ता दिखाओ और माँ बाप होने का पूरा फर्ज अदा करो